कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हमें अपने जीवन में कुछ चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए लेकिन कुछ चीजों से बिल्कुल डरना चाहिए तो आज मैं बताऊंगा कि किन चीजों से आपको डरना चाहिए और किन चीजों से नहीं डरना चाहिए क्योंकि जब आप एक परफेक्ट बैलेंस बना लेंगे तभी लोग आपको कॉन्फिडेंट इंसान कहेंगे ना कि ओवर कॉन्फिडेंट तो इंसान को जिन चीजों से डरना चाहिए वो उन चीजों से नहीं डरता है और जिन चीजों से नहीं डरना चाहिए वो उनसे डरता रहता है जैसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान को किन चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कई बार लोग गरीबी से डरते रहते हैं और अपनी गरीबी को ताना देते रहते हैं कोसते रहते हैं और वो अपनी असफलता के लिए गरीबी को ही बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं जबकि वो गरीब अपनी सोच से है ना कि धन से धन का होना या ना होना आपको गरीब या अमीर नहीं बनाता है। आपकी सोच आपको गरीब बनाती है सिर्फ सोचते रहने से कि आप गरीब है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप जीवन में वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन जब आप अपने उसी दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे अपने आप को डेवलप करने में तभी आप अपनी गरीबी से दूर हो पाएंगे कई लोगों को अपनी उम्र का डर लगा रहता है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है अब वो ये काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे और इसी के लिए वो अपनी उम्र को दोषी ठहरा देते हैं कई चीजों के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप कुछ करें या ना करें उम्र तो आपकी बढ़ेगी क्योंकि ये समय का चक्र है इसलिए आपको अपने सही समय का इस्तेमाल करते हुए सही उम्र के हिसाब से जो काम उचित है वो आपको करते रहना चाहिए इसके बाद आपको सही आलोचनाओं से कभी नहीं डरना चाहिए आपको उन्हें पहचानना चाहिए कि कौन इंसान आपकी सही आलोचनाएँ कर रहा है कई बार कई लोग आपकी सही आलोचनाएँ करते हैं और आप पहचान भी नहीं पाते हैं और डरते रहते हैं जबकि उनसे आपको सीखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति आपको आपके बारे में आपकी सच्चाई बता रहा है अब कई बार लोग आपकी बुरी आलोचनाएँ करते हैं मतलब जो चीज़ें आपके अंदर है नहीं वो चीज़ें आपके अंदर बताते हैं और आपकी आलोचनाएँ करते हैं और उसी चक्कर में आप कई बार परेशान रहते हैं तो आलोचना के के छोड़कर चली जाएगी उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़कर चला जाएगा और इसी प्रकार की बातें माँ बाप या फिर पति पत्नी के बीच में भी होती है कई बार टेंशन होता है कि उनको जो सबसे प्रिय व्यक्ति है वो कहीं उन्हें छोड़कर ना चले जाए और इसी चीज को सोच सोच वो परेशान रहते हैं तो आपको अपने अंदर ये डर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि कोई आपको छोड़कर चला जाएगा यदि आप सच्चे हैं आप अच्छे हैं और उसके बाद यदि कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो वो उसकी दिक्कत है कई लोग बीमारी के डर में बंधे हुए रहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो जाए और वो उसी के बारे में चिंतित रहते हैं या फिर कुछ लोगों को कुछ बीमारियां हो जाती है और जिसकी वजह से वो हमेशा ही चिंता में बंधे रहते हैं कई लोगों को मृत्यु का डर होता है कि कहीं वो मर ना जाए जबकि यदि देखें तो इस दुनिया का सिर्फ एक और सिर्फ एक अटल सच है और वो है मृत्यु मृत्यु तो हर इंसान की आनी है आज नहीं तो कल वो आनी ही है लेकिन जब तक हम जीवित है तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करना है तो इन प्रकार के डरों से आपको कभी नहीं डरना चाहिए इन पर आपको विजय प्राप्त करनी चाहिए यदि आप वाकई में डरना चाहते हैं तो आपको झूठ बोलने से डरना चाहिए जब भी आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपको बिल्कुल डरना चाहिए आपको डर लगना चाहिए जबकि आप थोड़े से अलग हैं। आप यहां पर नहीं डरते हैं जब भी आप झूठ बोलते हैं तो बड़ी सफाई के साथ बोलने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई पकड़ ना पाए आपको डरना चाहिए चुगली करने से इधर की बातें उधर उधर की बातें इधर करते रहते हैं आपको उससे डरना चाहिए जबकि ये तो आप बड़े ही मजे लेकर करते हैं आपको डरना चाहिए चोरी करने से यदि बिना किसी के पूछे आप किसी की चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसे अपने पास रख रहे हैं तो ये चीज गलत है आपको डरना चाहिए किसी से बेबजह झगड़ा करने से क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है लेकिन आपकी जिंदगी में पूरा उल्टा हो रहा है जिन चीजों से आपको डरना चाहिए आप उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं बेझिझक होकर उनको करते हैं और जिन चीजों से नहीं डरना चाहिए आप हमेशा ही उनसे डरते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं और इसी वजह से आपका आत्मविश्वास कभी भी बढ़ नहीं पाता है वो हमेशा ही कमजोर रहता है और इसीलिए आपकी सफलता के द्वार आपके सामने कभी नहीं खुल पाते हैं आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा ही इन बातों को दोहराते रहें या फिर कहीं उचित जगह पर लिखकर रख लें